हम आ चुके हैं फोर्ट पर जो कि हमने आपको उस फोर्ट से दिखाया था तो ये देखिए आप किला काफी शानदार बनाया है काफी मजबूती के साथ बनाया गया है इसमें चूना पत्थर का यूज किया गया ये है ये ये देखिए गाइस है भूतिया कमरा यहाँ पर भूत रहते हैं मैं मजाक में कह रहा हूँ पर हाँ यहाँ पर कीड़े मकौड़े और बिच्छू खापट ये सब जरूर रहती है तो जब भी आए आप तो संभल पैर रखें नहीं तो कोई भी आपको काट सकता है पर पहले बैल चला करते थे और ये कोलू है जो कि पूरा खत्म हो चुका है तो गाय ये रही अपनी तोप जो कि अष्ट धातु की बनी हुई है और ये बहुत ही पुराने जमाने की है जो कि राजा महाराजा यूज किया करते थे ये है इसका मैनिफिट स्पोर्ट में आने के लिए कोई टिकट नहीं है, गाइस। तो सबसे अच्छी बात ये है गाइज बलदेवगढ़ का के पास गए थे उसके उसमें रोशनी के लिए ये दिखे, ये देखिए इंतजाम किए गए हैं चैंबर किए गए बाकी आप देखिए बाकी पूरा प्लान डाला तो आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करवाते हैं। ये देखिए क्या पी कमरा है। ये देखिए कितने सगड़े जीने हैं यहाँ पर ऊपर चढ़ने के यहां से ले सकते हैं। काफी बड़ा किला है इसे घूमने में काफी टाइम लगने वाला है वो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है पर। बाकी कभी ये है और यहाँ पर पूरी राजा जैसी फीलिंग आ रही है हमें ये देखिए राजा जी जा रहे हैं। और सैनिक अगल बगल खड़े हुए हैं मुस्तैदी के साथ और ये देखिए भाई ये देखिए गाइज अब चलिए चलते हैं कुछ और ऊपर ये हम एक और फ्लोर चढ़कर आ चुके हैं और ये देखिए गाइज सॉरी थोड़ी क्वालिटी खराब मिलेगी आपको पर पूरा एक्सप्लोर करके देंगे पूरा प्रसंग यही पे कर देते हैं बाकी हम लोग पसीने छुट हुए हैं इसपोर्ट वक्त चलिए गाई चलते हैं। पता लेकिन तो में समझ में आ रहा है ये देखिए चाहिए हम तो आपको जल्दी जल्दी दिखाते हैं ही तुम्हारे पसीने छूटे जा रहे हो मुझे आ रहे हैं अब चक्कर काफी दौड़ भाग कर ली आजकल पैर दर्द होने वाले हैं और ये आप देख सकते हैं गाइज आप देख सकते हैं गेटों की निकाशी किस तरह से की गई है बहुत ही अच्छी तरीके से निकाशित किए गए हैं उस ज़माने में ये देखिए आप इस किले की बनावट देख के समझ सकते हैं कि हमारे भारत भूमि में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई और इन्होंने ऐसे ऐसे कुलों का निर्माण कराया चलते हैं गाइस थोड़ा और ऊपर और दिखाते हैं आपको आप इन दीवारों का साइज देख सकते हैं कितनी वोट मेरे हिसाब से तीन साढ़े तीन तो फुट लगभग चौड़ी दिवालें हैं जो कि आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत हो तो सकती हैं। आज की आर्किटेक्चर ऐसी दिवालें नहीं बना सकते ये देखो यहाँ पर अच्छे अच्छे की में हवा टाइट हो जाएगी <at> ये मेरा दावा है ये है नीचे जाने भाई लोग काफी बुरी तरीके से बोल तो है और इसका रिनोवेशन वर्क भी हुआ है बीच बीच में क्योंकि आप सफाई दे सकते हैं और ये है सनकों के लिए अपने असली असली बाहर फायरिंग करने के लिए बनाए गए हैं और ये हमारी कुछ और ऊपर ये देखिए गाइस ये देखिए व्यू अभी हम गए थे उस पर अब हम आ गए हैं इसके टॉप पर और देखो बेटा हमें तोप दिखा रहा है वो देखिए वो रखी है जो हमने अभी आपको इसके बारे में बताया था जानकारी दी थी तो गाइस हम आ चुके हैं इस फोर्ट के टॉप पर और इस टॉप से देखिए आपको कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ ये देखिए गाइस ये इस फोर्ट की जो दिवाली हैं वो तीन तीन फुट चौड़ी है जो कि आप देख सकते हैं काफी मजबूती से बनाया हुआ ये ये प्रो, प्रो, ये देखिए भाई हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर। कीड़े का जाल होता है इसके अंदर एक कीड़ा होता है जो कि ऐसा एक गड्ढा बनाता है इसमें कोई अगर छोटा कीड़ा चला जाए तो वो ऊपर नहीं निकल पाता है और वो जो कीड़ा होता है वो उसे नीचे खींच लेता है ऐसे कई सारे गड्ढे यहाँ पर बड़े दिखाएंगे तो करते हैं इसके लिए को अलविदा आएंगे फिर कभी इंजॉय करने और चलते हैं बाहर। ये है इसका मेन एग्जिट और ये स्नान कर है इतना बड़ा और ये देखिए शिवजी की स्थापना है यहाँ पे गाइज आपको दिखाते हैं हम स्नान घर यहाँ पे दरवाजे ये पुराने ही लगे हुए हैं बाकी यहाँ पर माता जी की फ़ोटो है और कृष्ण भगवान की फोटू है जिन्हें हमारा प्रणाम और ये अभी यहाँ पर कोई रहता होगा और ये हवाई ख्याल से ये स्नान घर हो सकता है पर पूर्ण जानकारी नहीं है हमें और गाय ये है मेरा राजाओं के जमाने का स्नान घर जो कि देखने में काफ़ी अचंबित कर देने वाला है ये कुंड जो आप देख रहे हैं इसमें अगल अगल से चारों तरफ पानी भरा रहता होगा उस समय और ये पूरा कुंड है पूरा कुंड है ये बीच से जाने के लिए ये रास्ता आप देख रहे हैं और ये अब काफ़ी पुराना हो चुका है और बंजर हो चुका है बाकी नीचे भी आप देखिए ये देखिए गाइज इस तरह यहाँ पर गंदगी फैलाई हुई है लोगों ने लोगों से हमारी अपील है कि यहाँ पर ऐसी जगहों पर गंदगी ना फैलाएं जिससे काफ़ी लोग आकर यहाँ पर इंजॉय कर सकें तो चलिए गाइज चलते हैं अब किला घूमने तो इस टाइम पास से जरूर मिले आपको पूरा किला घुमाएगा पूरा एक्सप्लोर करवाएगा और ये बहुत ही मौजी बंदा है बस बीस रुपये देना है इसे जिससे बिस्कुट खा सके छोरा फुट ये देखिए गाइस, यहाँ पर सीढ़िया टूटी है बस यही है सब ऐसे बंजड़ कमरे डले होते हैं खरपतवा रुक चुकी है